इज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को इलेवन थर्टी बस आज घर में बनेगा एक का जमाने का रेसिपी वो रेसिपी का नाम है आटे का मालपा भाभी ने बनाएगा आटे का मालपा इसमें डालेगा केला केला डाल के वो मतलब बनाएगा पिठा तो देखते हैं वो कैसे बनाता है बनाने का प्रोसेस से लेकर खाने तक आप लोगों को दिखाऊँगा और जरूर देखना और अगर अच्छा लगा तो घर में जरूर ट्राई करना

अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चलिए स्टार्ट करते हैं ये रहा आटा आटे में अभी डाल दिया केला मैंने केले का छिलका छिलकर निकाल के रखा था

को थोड़ा मिक्स बनाएगा मटन में मिक्स करेगा इसमें रहे हैं पाली

ये जिसके ऊपर थोड़ा खाने का सोडा डालेंगे। जो अभी घर में नहीं है जाएगा, फिर बनाएंगे मालपुआ। बस बनेगा हमारा आटे का मालपुआ

भाभी छान ले ये लेंगे मालपा पीठा, माल पीठा खाएंगे आज घर में बनेगा Hello, ये देखिए ये खड़ी बनकर रेडी बस ये तेल में छान लेंगे भाभी इतना तो बन चुकी है

लगितस मुने ने भी फ्रेंड ले लिया चलो रुसी टेंशन उन्होंने और अच्छा करो न किसी न किसी करो इतनी छोटी बोलानी

कल होता दीछू थ

शुद्र को लेकर

तो चापुलिया oh. ना कि

देखिए हमारा मालपा बन के रेडी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनी है, एकदम मस्त बनी है, खाएंगे मस्त ये देखिए कितना सुंदर बनी है

मसामारा हमारा मालपा बनकर रेडी हो चुकी है मसारे हमारे परिवार मिलकर खा रहे हैं ये देखिए मालपा एकदम तो मस्त बनी है ये आटे का मालपा इसमें केला मेला हुआ है और पका हुआ केला और केले के साथ थोड़ा चीनी और भी डाल सकते हो सौंप डाल सकते हो एकदम तो मस्त फ्लेवर आती है सौंप हमने सौंप नहीं डाली और देखिए कितना सॉफ्ट बनी है देखिए कितना सॉफ्ट बनी है

एकदम दुकान जैसा मालपा बनी है बहुत सारे लोग मिलकर खा रहे हैं। बस आज का ब्लॉग में था आटे का मालपा बस आज का रेसिपी कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय